तुझे भी पता चला कि हमने क्या किया था और तेरी क्या कंडीशन है है ना ठीक है तो ये पता कि आपका नाम क्या है कैसे आए कितने दिन हो गए कोई फायदा है या नहीं है फिर मैं बताऊंगा तेरी बीमारी क्या है मेरे को अभी सात आठ दिन करीब हो गए यहाँ पे आए हुए और मेरे को इंस्टा से मैंने देखा था कि मतलब काफी रिलीफ मिला है मेरे को पहले से हम्म रिलीफ से पहले बीमारी मतलब थी थी तो आराम है, तो तो तो है, है पहले से तो घर में, किसी को दिक्कत है ये? नहीं, घर में तो फिलहाल किसी को नहीं है को तो मैंने आपको बताया था आपने उसके बारे में देखा था नहीं इसके बाद नहीं देखा था तो इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में इनका की जितनी भी वीडियो हैं वो मैं अटैच कर दूंगा तो देखना इनका समझना इनका एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जेनेटिक यानी कि जो चीज़ हमें अपने मां बाप से मिलती है, है बट ये भी ज़रूरी नहीं कि कई बार कई जनरेशन में नहीं होती है तो उसका एक टिपिकल फीचर होता है वो होता है ही वो लेकिन वो फिजिस में होता है कभी बढ़ जाएगा कभी कम होगा कभी दिक्कतें आएंगी और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जॉइंट्स हमारे टाइट होते रहते हैं तो हम सारे पेशेंट्स को बताते हैं जो भी एनक वाले आते हैं सबको आराम मिलता है सब बेटर होते हैं कि आपको ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ करते रह कराते रहना पड़ेगा और ट्रीटमेंट से ज्यादा आपको फिर एक्सरसाइज यानी योगा पे डिपेंड होना पड़ेगा अगर आप योगा नहीं करेंगे फ्लेक्सीबिलिटी वाली चीजें नहीं करोगे तो जितनी गर्दन चल रही है ना वो भी बंद हो जाएगी इस बीमारी का ड्रॉबैक ही यही है अगर आप इस तरह से सोच रहे हो कि आप मेरे पास 500 देना हो गए और सारी बीमारी जीरो हो जाएगी आ, तो ये जीरो नहीं होती है ये घटती और बढ़ती है ठीक है तो हमें ये देखना है कि ये बीमारी जब धीरे धीरे खत्म होती आ, चली जाए तो एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा और थेरेपी वगैरह सारी चीजें लेना पड़ेगा मैंने आपको एक ब्लड टेस्ट भी लिखा था एचपी ट्वेंटी करवाया नहीं करवाया क्यों हो गई तो टेस्ट तो ज्यादा महंगा नहीं, नहीं होता मैं पता भी नहीं कर रहा आप पता काफी हैं तो कहीं भी करा लो 27 बहुत बड़ा नहीं है और हमने व्यवर्स आप भी देखिए कि हमने इसका काफी बार एडजस्टमेंट करने की कोशिश की है एडजस्टमेंट प्रोपरली होता नहीं क्योंकि जॉइंट बहुत ज्यादा टाइट है आप भी देखिए थैंक यू हम्म लगेगा रख लेंगे इजी छोड़ देंगे विदाउट ओके नाइस नाइस नाइस थोड़ा थोड़ा प्रेशर तो ले पा रहा है इससे पहले इतना भी नहीं ले पाता था है ना और हल्का हल्का खुला भी है टन करेंगे मेरी सिर्फ करवट ले ले लेने व्यूज को अपना नाम तो बताया नहीं हाँ नाम कुणाल पांड्या कुछ चौहान डरो मत कुछ नहीं होगा क्योंकि कुछ हो नहीं सकता है <laughs> अब वीर आप सब मेरी इतनी सारी वीडियोस देखते हो ये देखो इसका मैं जैसे ये ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ ये ये और ज्यादा आगे जाने की यहाँ से पुश करने की कोशिश कर रहा है कनाल पीछे ले जा कंधे को कंधे को पीछे ले जा घुटने को ऐसे ही रखना है हिलाना नहीं है ठीक है ये सब कुछ करेगा ताकि मैं ये पोजिशन ना लूँ वहीं पे रखो इजी लिया छोड़ो इतना ही कर सकते हैं क्लोजिंग में आ जाएंगे उस तरफ जाएंगे सीधा सीधा नीचे वाला कौन सीधा रिलैक्स, है अब देखो इजी रिलैक्स्रेट सीधा बहुत टाइट अब इसकी मोमेंट गेज करो चेक करो कि क्या है हो रहा है थोड़ा तो इजी एक और आ जाओ व्यूर्स आपने देखा ही है कि इसकी जॉइंट्स कितने रिस्ट्रिक्टेड हैं और कितना ज़्यादा इसको दिक्कत हो रही है और इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो हमने इसको काफ़ी ट्रीटमेंट में जो बेस्ट डिस्काउंट हो सकता था वो भी किया आप में से भी किसी भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम क्लिनिक पर आने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि आप हमसे फोन पे पूछना चाहो तो हर किसी के लिए नहीं करेंगे और सिर्फ उन्हीं बीमारियों के लिए करेंगे जो बहुत बहुत बहुत बहुत लंबी चलती हैं हैं हैं हैं या ज्यादा ज्यादा दिक्कतें देती और और कुछ बताना चाहो सपोर्ट बहुत करते हैं। और क्या कहते मतलब स्टाफ भी बहुत अच्छा तो लोग तुम दो तुम दोगे दोगे रिव्यू जी तुमने दिया दिया नहीं नहीं इतना बोला था क्यों नहीं दिया? पे थे। हाँ, तो लाइक है। है। so, जरूर, जरूर दिखाए अगर आपकी वीडियो हमें आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हम आपको ज्यादा ज्यादा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सारी चीज़ें ज़रूर दिखाएंगे थैंक यू